नमस्कार दोस्तों आपका पंकज टेक्निकल चैनल में एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ और आज हम एस वर्ड के बारे में पुनः चर्चा करेंगे सबसे पहले दिन आपने मैंने आपको बताया होम के होम मेनू के पूरे बटन के बारे में फिर इंसर्ट मेनू के पूरे बटन के बारे में और आज हम बताएंगे पेज लेआउट के पूरे ऑप्शन के बारे में बटन के बारे में कि आप उसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पेज लेआउट पे हमने एक बार क्लिक कर दिया तो आपको एक दो तीन चार पाँच ये पांच तरह का आपको एक कैटेगरी है और उन सभी कैटेगरी में अलग अलग काम है तो जो जनरली काम आपका है एक पेज सेटअप पेज बैकग्राउंड और पैराग्राफ पैराग्राफ का भी नाम मात्र का काम है पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे तो सबसे पहले हम मार्जिन की बात करते हैं कि जब भी आप एम ऑफिस ओपन करोगे ओपन करते ही आपको सबसे पहले जो वाइट पेज आता है इस वाइट पेज का आपको एक मार्जिन पैराग्राफ करना है तो उसमें मार्जिन छोड़ते हैं पैराग्राफ छोड़ते हैं कभी स्केल से नापते हैं कुछ तो इस मार्जिन पे आप क्लिक करें और मार्जिन करने पे क्लिक करने पर तो ये बाई डिफॉल्ट इतना बना हुआ है पांच छह का बना हुआ नॉर्मल में 2.54 ऊपर फाइव सेंटीमीटर ऊपर छुटेगा ढाई ढाई सेंटीमीटर चारों तरफ ये छोड़ देगा तो जब हम क्लिक करते हैं तो आप ये जब भी आप टाइप करोगे तो यहां से ये 2.54 सेंटीमीटर और यहीं से ऊपर भी 2.54 सेंटीमीटर है जब लास्ट में आप लिख दोगे जैसे हम कुछ लिख लेते हैं माई नेम इ पंकज कुमार वेलकम टू यू एन माय यूट्यूब चैनल पंकज टेक्निकल ओके okay. अब इसको आप कॉपी कर लीजिए और पेस्ट करते चल जाइए तो आपको ये जल्दी जल्दी पता चल जाएगा कि क्या है ये देखिए इतना समझिए जब आप इसको इधर 2.54 सेंटीमीटर इधर भी मार्जिन राइट में भी मार्जिन और जब नीचे ये जाएगा तो नीचे में भी उतना ही ये छोटा हुआ आपको मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पेज मार्जिन पे क्लिक करने के बाद नॉर्मल में लेते हैं नैरो लेते हैं वन पॉइंट सेंटीमीटर तो यह छोटा छोड़ता है तो आपको जितना की जरूरत है उतना आप छोड़ सकते हैं तो जनरली नॉर्मल काम होता है तो आप नॉर्मल में ही काम होता है तो आप नॉर्मल में लेके काम कर सकते हैं उसके बाद है में में आप और में अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा छोटा करके दिखाता ये पोर्ट्रेट में आपका पेज जो है ये पोर्ट्रेट मतलब है ऊपर से नीचे लंबा में आप लिखोगे जब आप इसको लैंडस्केप कर दोगे तो ये चौड़ा वाला पेज हो जाएगा आप उसको मतलब लेफ्ट टू राइट में ज्यादा आपको मिलेगा जो जिसकी चौड़ाई की लंबाई ज्यादा हो और लंबाई की चौड़ाई थोड़ी कम हो तो आप इसको में ऑरियंटेशन से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में लिख सकते हैं वापस इसको आप सौ पे कर लें। सौ पे हंड्रेड जूम इन में जो पेज कैसे कर रहा हूँ तो यहाँ जो मैं बार बार आपको प्रत्येक दिन ये देख रहा हूँ पेज सत्तर परसेंट है इसको आप कम करते जाओ तो ये पचास जितना आपको करना ज्यादा करोगे तो जनरली ये सौ पे रखना चाहिए और ऑरियंटेशन को पोर्ट्रेट पे जनरली काम लोग करते हैं उसके बाद साइज़ है दोस्तों जैसे तो ये जो सिलेक्ट है, है वो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है लेकिन आपको मैं बता दू की जब भी आप प्रिंट करोगे व्हाइट पेज पे ए फोर साइज में होता है तो ए फोर साइज आपको प्रिंट सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपके पास प्रिंटर जिसपे आप प्रिंट करने वाले हो वो साइज A4 है तो आपको A4 करना पड़ेगा अगर आपके पास फोटो पेपर है चार इंटू छा तो आपको चार वाला छाक्ट करना पड़ेगा तो जनरली जो नाम सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो A4 साइज का पेपर होता है चाहे आप उसका ओरियंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में करें और आपको पेपर साइज आपको ए ही लेना है इसके अलावा और कोई स्पेशल पेज है आपके पास तो कस्टम में जाके उसका साइज आप स्केल से नाप ले चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है और उसको आप यहां पे फिल कर दे okay कर देंगे, तो ये जाके उस पेज का साइज बन जाएगा लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला ए फोर पेपर है दोस्तों तो ए फ को आपको सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है उसके बाद है कॉलम कॉलम का काम यह है कि जब हम पेपर पढ़ते हैं दोस्तों तो पेपर में आपको एक ही पेज में छह सात कॉलम बना होता है और ढंग लिखा होता है तो ए, तो तो उसके जरिए आप कॉलम कॉलम में कर लें। आपको कितने चाहिए मान लें हमने थ्री कर दिया तो ये थ्री आ तो गया है लेकिन इसमें संख्या ज्यादा नहीं है अब मैं इसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर देता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा ओके नाउ अब आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे है ये एक ही पेज में तीन तीन कॉलम बन गए हैं तो आपका ये पेपर का पेपर में जैसे प्रिंटिंग मीडिया में जो आता है उस हिसाब से ये प्रिंट हो गया है नेक, अगला है अगला ब्रेक अगर आप नीचे मैंने यहां तक बना दिया आप हमको नया पेज यहाँ नीचे मिल रहा है पहले इसको हम एक ही कॉलम में कर लेते हैं तो समझने में आसानी होगा अब ब्रेक करना है तो हमारे पास एक ही पेज है पेज यहां देखेगा एक ही पेज है इस ब्रेक पे आप पेज भी ब्रेक कर सकते हो कॉलम भी ब्रेक कर सकते हो टेक्स्ट मैपिंग कर सकते हो नेक्स्ट पेज यानी अगले पेज में भी जा सकते हो एक एक पेज के छोड़ के इवन और सम संख्या वाले पेज में और विषम संख्या पेज वाले में भी जा सकते हो तो चलिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पेज है और कॉलम है तो सबसे पहले जैसे ही आप मान लो कि हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से हमको अगले पेज में चाहिए ठीक है तो अगले पेज में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दे और उसके बाद ब्रेक में जाए और पेज पे क्लिक करें जैसा ही आप पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिए तो वो जो जहां पे मैंने चैनल पंकज था तो वो अगले पेज में वो चला गया ठीक है दोस्तों अब अब हम टूट तो के अगले वाले हिस्से में वो चला गया ये संख्या मतलब पेज पूरा भरा हुआ है इसलिए वो अगले पेज में ही सीधा चला गया अब ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया ब्रेक किया और कॉलम पे किया तो ये आपको कॉलम ब्रेक हो गया वहां से सीधा नेक्स्ट पेज में चला गया तो ये आपका पेज सेटअप हो गया उसके बाद आप हम आते हैं वाटर मार्क पे वाटरमार्क एक ऐसा है कि आपके लिखावट को सुंदर बनाने का एक शैली है कैसे आप कुछ भी आप लिख दो आप सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लो पूरा भर दो पेज को ओके अब नाउ आप इसके अगर बैकग्राउंड में कुछ ऐसा लिख दें जैसे कि हम एक लिखता हूँ कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है आप देखिए इसको जुम आउट करता हूँ जुम इन करता हूँ तो आपको confidential लिखा हुआ है आप इसको कस्टम जैसे मैंने पंकज टेक्निकल अपना चैनल का नाम लिख दिया ठीक है दोस्तों तो और उसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो मैं मान लो लाल कर दिया तो पंकज टेक्निकल ये लिखा गया प्रिंट मीडिया का ही एक नया रूप है अब आप इस पर जो भी कुछ करना है वो टाइप करते जाइए कोई इश्यू नहीं आएगा लेकिन आपको पेज के बैकग्राउंड में आपको पंकज टेक्निकल लिखा मिलेगा जो कि आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा फील कराएगा तो ये वाटरमार्क का है आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं कस्टम वर्क मर्क, वाटर मर्क में जाएं अगर नो वाटरमार्क मार्क पर कर देते हैं अप्लाई करेंगे तो वह चला जाएगा पिक्चर वाटर यही नहीं दोस्तों आप पिक्चर भी इसके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं तो चलिए एक छोटा सा डेमो ही दे देता हूँ आप कोई फोटो एक ले लेते हैं कोई फोटो चलो ये ही ले लेते हैं ओके, अप्लाई किए, वो फोटो के के रूप में में हमारे पेज बैकग्राउंड आ गया, जैसे किसी की जीवनी लिखनी हो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया रामधारी सिंह दिनकर हो गया बाबा रामदेव हो गया या कोई ऐसा हस्ती जिसका हिस्ट्री लिखना चाह रहे हो उनकी जीवनी लिखना चाह रहे हो ऊपर आप कहानी लिख रहे हो और बैकग्राउंड में अगर उनकी तस्वीर दिखे तो आपके पेपर में जो लिखावट है उसको और बेहतरीन बनाएगा तो नो वाटर मार्क पर क्लिक करके अप्लाई करोगे तो वो ऑलरेडी डिलीट हो जाएगा इसके अलावा वाटरमार्क से यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हो ये चार पांच स्टाइल है इस स्टाइल को आप फॉलो करें और आप अपना वाटरमार्क लगा लें पेज कलर नेक्स्ट है दोस्तों पेज कलर पेज कलर पे जब भी आप जाएंगे तो जनरली जैसे ही आप मैं जाता हूँ तो ये पेज का कलर का डिफाइन करेगा तो जो आपको कलर पसंद है वो आप पेज का कलर ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये पेज रंगीन पेज प्रिंट नहीं होगा ये ध्यान रखें तो आप इसको कोई भी कलर आप ले सकते हैं फिल्म में पेज में आप फोटो भी डाल सकते हैं फोटो वापस भी मतलब पेज के पीछे आपको यहां भी फोटो आपको दिखेगा ये देखिए आप जब इसको लगाओगे तो ये पूरा फोटो आपको पेज में चिपक जाएगा क्यों फोटो का साइज बड़ा है इस वजह से ऐसा ये आ रहा है नो no कलर या नो no फोटो कर दीजिए से आपको वो बैकग्राउंड से डिलीट हो जाएगा अब पेज बॉर्डर पेज बॉर्डर का इतना बड़ा बॉक्स है मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ पेज बॉर्डर में नन में है बॉक्स करोगे तो अप्लाई करोगे तो ये चारों तरफ से वो उतना जो उतना लिखावट है केवल उतना का ही आ जाएगा पेज बॉर्डर पर क्लिक किया बॉक्स के जगह पे हम पूरे पेज बॉर्डर को लेते हैं या हम केवल उसका बॉर्डर लिए थे या पेज बॉर्डर ले लेते हैं पेज बॉर्डर में ये इतने तरह का कस्टमाइजेशन है ये आपका लकीर है किसी भी लकीर को लेके आप कर दो आपका पेज का बॉर्डर वो बन जाएगा तो जब ये प्रिंट होगा जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपका तरीका लिखने का और अच्छा सुंदर होगा ये इतने तरह का डिजाइन है आप इसका बॉर्डर ले सकते हो इसके अलावा इसके साइज पे भी निर्भर है कि आप कितना इसको मोटा रखना चाहते हो ये देखिए थोड़ा सा और जब इसको हंड्रेड पे जूम करते हैं तो ये और थोड़ा सा अच्छा फील कराएगा इसके अलावा अगर ये आपको कम करना कम कर लीजिए जितने पे आपको रखना है जनरली जो नॉर्मल है आपको डेढ़ पे पे रहेगा इसके अलावा कुछ आर्ट वगैरह है इसमें से भी आप कोई भी ले सकते हैं कोई भी ले कर ओके कर दो तो वो उस साइड उस तरफ से वो बन जाएगा अगर आपको इसका साइज ज़्यादा लगता है तो आप इसको दो कर दो और ओके कर दो ये छोटा हो जाएगा जितना आपको जरूरत है जनरली ये पाँच दस पे कर दो दस कर दो पाँच पाँच पे कर दो ओके तो आपको ये ठीक हो गया तो जितना आपको साइज में चाहिए बॉर्डर चाहिए आप इसको ले सकते हो ये आपको पेज बॉर्डर का, का काम करेगा साइड से ये एक तो एक डिजाइन ये हो गया और दूसरा ये आर्ट है उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए यहां से आप कर सकते हो होल डॉक्यूमेंट पे करना है कि एक साइड में करना फर्स्ट पेज में करना जितना होल्ड डॉक्यूमेंट पे करोगे तो नया पेज जब भी आएगा तो उसमें भी ये बाई डिफॉल्ट जैसे हम नया पेज अगर लाते हैं कंट्रोल इंटर मारेंगे तो नया पेज आएगा नया पेज में ये भी, भी बॉर्डर ऑटोमेटिक लगा हुआ है तो आपका ये है उसके बाद आपका पैराग्राफ है दोस्तों की आप पैराग्राफ जैसे इसको पे मैं क्लिक किया अब इसको कितना आगे लेना है राइट ले जाना है तो मान लीजिए हम लेते हैं दस सेंटीमीटर मतलब पांच सेंटीमीटर इंटर मारिए और वो पांच सेंटीमीटर वो आगे चला गया तो ये है आपका पैराग्राफ जनरली इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आपको लगता है कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये अरेंजमेंट का कोई रोल नहीं है ये जो टेक्स्ट ब्रैपिंग है ये टेक्स्ट ब्रैपिंग का ये इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट ब्रैपिंग का काम यहाँ पे नहीं है दोस्तों जो मैंने कल बताया था इंसर्ट में जाके अगर कोई आप वर्ड आर्ट लेते हो और मान लो इसी को कर लिया तो ये अब टेक्स्ट पैपिंग का काम आ जाएगा और इसको आप जैसे ही करोगे तो आपका जो लिखावट है वो रहेगा और टेक्स्ट पैपिंग के जरिए आप उसको इधर उधर कहीं आप ले जा सकते हो तो वो फॉर्मेट में भी है टेक्स्ट पैपिंग और जो अभी पेज लेआउट में है वो भी टेक्सट पैपिंग है ये वही चीज है देखिये जैसे ही वो आया टेक्सट पैपिंग तो हाईलाइटेड हो गया अब पोजिशन तो आपका वो पेज का जैसे हमने कुछ नया एंट्री किया तो वो एंट्री किया तो वो रहना कहाँ चाहिए जैसे मैंने ये टेस्ट चेयर लिख दिया अब इसको कहाँ रहना है तो इसके जरिए आप कहीं भी रख दो जैसे मैंने इसको फर्स्ट में रख दिया या आप उसको ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है ना सेम ऐसा रहेगा अब इसके जगह पे आप कुछ भी लिख दो लिखने के बाद आपका यहाँ से वो लिखावट पेपर कटिंग किस तरह आएगा आपको जहां इसको ले जाना या इसको आप ऊपर रख दो जहां आपको इच्छा करता है वहां रख दो ये आपका अरेजमेंट में है सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स वैपिंग है और पोजिशन का थोड़ा सा काम है और बाकी नहीं है उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पेज लेआउट के बारे में और फिर वो पूरी एक लेटर बनाकर दिखाएंगे जैसे आपको एमएस वर्ड पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए अगले वीडियो में जल्दी से जल्दी मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें तब तक के लिए जय